लेकिन ये चटना वाला गाना मत गई है, बड़ा है दिक्कत हो रहा है भैया भैया का हो जा अब ये बात है तमाम तमाम गीत बजल मार्केट में आ, दाते काट राजा जी आ, जी भैया ने राजा जी गाना के नाम लोग अश्लील ते भैया हो करा गलती गार्जियन मोदी जी इल्ली गलती जाए कि के का। आ, दो के बार। अब मान लो भाई, आप करते हैं, करते लाइक तो कोई कोई मजबूर तो आइए एक इशारा होकेशारा कब से बेचारा पैसा दे देते क्षमा चाहेंगे हमारे चलत हाशारा है ओ जाए जा पढ़े में मन नहीं खेला तोहार देख तड़ी उत्पट हरकत करते हुए खाली टच वाला मोबाइल लेकर के देख देख के तू बिगड़ गई बारा पढ़े में तनी को मन नहीं खेला कहे का। ये गलती है हे गलतीगा हमारे पर मानत है लेकिन एक मतलब तो फायदा उठावल चाहत बारह सुधार जा सुधार जा भैया ना खास का नाम भरिया के ओ जाते भैया ऐसे ना एक लाइन पर बा पतिया नतिया पतनावा देवरआ घोड़ी चतनावा देवरआ घोड़ी चतनावा हो घरवन घटत घटनावा घटनावा आदे लेकिन भैया हमारे पर शो ए वीडियो वीडियो बनगल, खाली मिक्सिंग कोनो सखी को को अपना प्यार कर एक लंच ज्यादा ना चैनल वाले भाई हमारे जितने भैया मान सम्मान में प्यार में आप लोग सब्सक्राइब करना चैनल के तो भी चैनल बा प्रदर्शनी चैनल जैपे हमारे फोटो लगल है आ नंबर भी मांगे के लक्ष्मी का नंबर ना मिलते है भैया बस यूट्यूब चैनल खोला बगैर घोल मोबाइल के जमाना है बोलब आज है कहाँ कहीं पिया बाखी तुझे मधिम बुझेबे न करे का? में हाथ से में हाथ न न हम कहां कहा भा कहे ए सखी जब देना कह दना कहो तनिकोना बोझल ये भूला भूला भूला ना, बोलिये सु जी भूला कोई चलते हिरा